बार गुमे नहीं जा सकते लड़के को स्कूल रात को ठीक से छो भी नहीं सकते लड़के का एग्जाम चालू है और दिवाली के दिन कुछ खरीदा नहीं भाई नहीं पैसा बचाओ लड़के की कॉलेज की फी भर नहीं है माँ को तो पता भी नहीं चलता है कि कब उनके जिंदगी के 20-25 साल लड़के के पीछे हो, गए। साथ में रहे और रोज रोज हो। आ, तो अलग हाँ अलग रहने ऐसी प्यार बढ़ता है अलग रहने ऐसी प्यार बढ़ता है तो तो माँ बाप को भी है ना बच्चे पैदा हो तो सीधा अनाथा समी डाल देना चाहिए अनाथा शाम हाँ अलग अलग रहो ना प्यार बढ़ेगा